हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट प्रिपरेशन बाई उमेशर में तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सीटेट टेट क्वेश्चन सीटेट एंड सीटेड जी के दो सीटेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर यहां पे इक्कीस टाइपिंग हो गया है गलती से आप लोग 22 पर रहेंगे तो सीटेड एवं टेट में पूछे गए सवालों का संग्रह जो आपको शिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा में सहयोग करिए एवं सीटेड से संबंधित प्रश्नोत्तर और टेट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर इसमें आपको लेके आते रहेंगे चलिए कह रहा कि सीटेटेट से संबंधित सामान्य ज्ञान हिंदी में है ये मेरा पार्ट सिक्स है अगर आपने अभी तक पार्ट फाइव तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाए प्लेलिस्ट में फाइव तक दिया हुआ है जो कि 90 क्वेश्चन तक आ चुके हैं अब ये मेानवा क्वेश्चन से लेके जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है छात्रों को प्रभा... क्या है? पहला क्वेश्चन है छात्रों को प्रभावित करने का सबसे सरल उपाय क्या है छात्रों को प्रभावित करने का सबसे सरल उपाय क्या है तो इस, आपके पास ऑप्शन है चार ऑप्शन दिया हुआ है पहला प्रधानाचार्य का सहयोग दूसरा उनको करके तीसरा है अपनी बुद्धिता का प्रदर्शन करके चौथा अपने आचरण को आदर्श रख के क्या छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अपने आचरण को आदर्श रख के जो है छात्रों को हम प्रभावित कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर बिरानबे देखते हैं क्या कह रहा है कि दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं दूरदर्शन के वे कार्यक्रम जो मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है क्या भक्ति सीरियल रुचिकर कर उपयोगी ज्ञान हास्य प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं चलिए इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपको रुचिकर और उपयोगी ज्ञान क्या दूरदर्शन पे वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें रुचिकर और उपयोगी ज्ञान होते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर तिरानवे में देखते हैं शिक्षण प्रणाली कैसे होती है होनी चाहिए शिक्षण प्रणाली कैसे होनी चाहिए आपके पास है मूल्य केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षण छात्र केंद्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए तो शिक्षण प्रणाली जो है शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए क्वेश्चन नंबर चौरानबे यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है किसकी अपनी संभावनाओं से अनविघता का अपने अक्षमता का और सफलता की भावना से प्रभावित होकर विनम्रता की भावना से यह कहना कि मैं अच्छी तरह काज नहीं कर सकूंगा प्रतीक है किसका आपके पास ऑप्शन है अपनी संभावना का अपने आप की क्षमता का असफलता की भावना से और विनम्रता की भावना से चलिए इसका आंसर देखते इसका आंसर हो जाएगा अपने आप की अक्षमता से अगला क्वेश्चन है आजकल शिक्षा के गिरते राजनीतिक का मुख्य कारण क्या है शिक्षा के गिरते अस्तर का मुख्य कारण क्या है है आपके पास ऑप्शन विद्यालय कार्यो के प्रति उदासीनता चलिए इसका आंसर देखते तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता के कारण जो है आजकल जो है शिक्षा का स्तर जो है, है, है। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है किसका अंग्रेजी का मातृभाषा का हिंदी का या इनमें से सभी का क्या कर उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है किस भाषा का अंग्रेजी भाषा का मातृभाषा का हिंदी का या इनमें से सभी चलिए इसका आंसर देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा का जो अभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा में अगर आप जाएंगे तो अंग्रेजी का महत्व बहुत ही वर्चस्व हुए है क्वेश्चन नंबर संतानवे देखते हैं यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है यदि अगर समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है आपके पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग का अनुसंधानकर्ता का अध्यापक का या डॉक्टर का तो सबसे अच्छा वेबसाइट जो है वो शिक्षक का हो जाएगा अध्यापक का हो जाएगा क्योंकि हम अध्यापक बनेंगे भविष्य में इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन आपके अध्यापक और बाल पे ही केंद्रित रहता है अतः बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए जन्म बालक जो है जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए क्या चीज से रचनात्मक कार्यो से खेलों के लिए शारीरिक विकास के लिए या ज्ञान अर्जन के लिए कर है, सवाल है बालक जनजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे किस चीज पे प्रेरित करना चाहिए तो उसको जो है हम लोग रचनात्मक कार्यों के लिए जो है रचनात्मक कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे क्वेश्चन नंबर निन्यानबे यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे क्या करेंगे आप उसे दंड देंगे कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह ऐसा आगे न करे उनकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे या उसे मारने पीटने से मना करेंगे कह रहा कि जब है अपने साथी को मारता पीटता है इस स्थिति में हम क्या करेंगे तो इस स्थिति में हम कारण की पृष्ठभूमि को समझेंगे ऐसा प्रयास करेंगे कि वो आगे से ऐसा न करे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थिति हो शहर के मध्य में ग्रामीण क्षेत्र में एकांत में या कहीं भी एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थिति कैसी होनी चाहिए तो वह जो है कहीं भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि शहर के मध्य में हो ग्रामीण क्षेत्र में हो या एकांत में हो तो एक विद्यालय जो है कहीं भी हो सकता है इसकी कोई जगह फिक्स नहीं है प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के के लिए प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आप किस पे ज्यादा ध्यान देंगे इस क्षेत्र में अधिक खर्च धन करना चाहिए लोगों को जागरूक करना चाहिए करे कानून बनाना चाहिए या विदेशी मदद लेनी चाहिए तो प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए हमें लोगों को जागरूक सबसे पहले लोगों को क्या है जागरूक करना पड़ेगा तब जाके हमारी जो प्रदूषण की समस्या है वो खत्म होगी चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता आपकी राय से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है सुख दुख में हाथ बांटा जाए उसके सुख दुख में हाथ बांटा जाए, जाए उनकी गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए या उनकी खुशामद करते रहना चाहिए क्या है कि सहयोगियों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हमको उसके सुख परेशानिया आती है अवसर देख कर ही कोई बात करनी चाहिए भी सही बात करते रहना चाहिए किसी को कोई राय नहीं देना चाहिए जिसको जैसा प्रिय लगे वो करना चाहिए आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है तो भी आप सही बात करते रहना चाहिए अगर सही बात करने से परेशानी आती है तो भी आपको सही बातें करते रहना चाहिए आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे से अधिक वेतन चाहते हैं। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में ये मनुष्य का स्वभाव है आर्थिक प्रगति का संकेत है और सामाजिक अन्याय है या आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है कारा कि आजकल लोग जितना लोग परिश्रम करते हैं कहीं उससे ज्यादा अधिक वेतन चाहते हैं तो इसका मूल कारण जो हो सकता है वो होगा असामाजिक अन्याय हो जाता है एक असामाजिक अन्याय के तहत आता है और लास्ट क्वेश्चन है समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है क्या यह सही है पूर्ण सत्य अज्ञात है असत्य है या आंशिक सत्य है तो क्वेश्चन है कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंशिक रूप से सत्य है ये आंशिक रूप से सत्य है कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले दोस्तों को शेयर करें थैंक यू धन्यवाद